छतरपुर नगर पालिका में जमकर बवाल हो गया ऑपरेटर ने गल्ला पर्ची लेने पहुंची महिला को गलत बोलकर उसे डांट दिया जिसके बाद देखते ही देखते विवाद बढ़ता गया और आपस में छीना छपी होने लगी फिलहाल इस मामले पर किसी ने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है छतरपुर नगर पालिका में उस समय बवाल हो गया जब पार्षद पूजा शिवहरे के पति और नगर में पदस्थ ऑपरेटर के बीच विवाद हो गया दरअसल पार्षद पति ने ऑपरेटर से गरीब महिला के गला पर्ची निकलवाने के लिए कहा जिस पर ऑपरेटर ने महिला को गलत बोलकर उसे डांट दिया जिसे लेकर दोनों के बीच विवाद होने लगा देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि पार्षद पति के साथ आए कुछ युवक गुंडागर्दी करने लगे और नगर पालिका अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उन्हें गाली गलौज करने लगे जिसका वहां मौजूद महिलाओं ने विरोध किया और वीडियो बनाने लगी जिस पर इन महिलाओं के साथ युवकों ने छीना झप्ती की इन युवकों ने वीडियो बना रही महिला का मोबाइल छीन लिया फिलहाल इस मामले में किसी ने रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई है और नगरपाल का देख इस पिंकी पालिका साथ आ रही थी तो नगरपाल का, में, का कुछ लोग का गाली रहे थे है ना बहुत गंदी गंदी गाली रहे थे तो उसका वीडियो हम बनाने लगे तो उसने हमारा मोबाइल छीना और हमारे साथ मारपीट करने लगा वो मारपीट करने लगा इसके बाद बीच बचाव हुआ और इसके बाद वो भाग गया यहाँ ऐसी कुछ लोग गाली किसी को तो दीदी -दी वीडियो बनाई तो वीडियो मतलब फोनना छीन लिया था और बस तो लड़ाई करने लगी तो वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास से जुड़े मसले हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं सत्य का अन्वेषण दखल न्यूज आपके देख रहे हैं दखल न्यूज